समय की बात है एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव गांव जा रहा था, था, जो कि बचपन से से ही एवं एक अपाहिज उसका काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था की रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हस्तपुष्ट था वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है साथ साथ चलने में रास्ता जल्दी कट जाएगी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया पंडित को ये नाम बड़ा अजीब लगा लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा दोनों धीरे धीरे चलते रहे तभी रास्ते में एक गांव आया महाकाल ने पंडित से कहा तुम आगे चलो मुझे इस गांव में एक संदेश देना है मैं तुमसे आगे मिलता हूँ कहकर पंडित अपने धुन में चलता रहा तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंचे चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंच गए एक छोटा सा मंदिर था ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था साथ ही रात्रि होने वाली थी सो पंडित ने कहा रात्रि होने वाली है पूरा दिन चले हैं, थकान भी बहुत हो चुकी है इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं भूख भी लगी है सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, तो मैं देकर आता हूँ तब तक तुम भोजन कर लो मैं बाद में खा लूंगा और इतना कहकर बस चला गया लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गाँव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन ही सोचा कि जहाँ भी ये महाकाल जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है जरूर कुछ गड़बड़ है लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया उन्हें फिर से आगे चलना शुरू कर दिया कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी आप आगे चले मुझे इस गांव में भी कुछ काम है सो मैं आगे आपसे मिलता हूं। इतना कहकर महाकाल जाने लगा लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा की वह कहा जाता है और और क्या करता है? है है। लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया लेकिन इस बार पंडित को सहन न हुआ उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है महाकाल ने जवाब दिया पंडित जी आप मुझे बड़े पड़े थे। मैं आपके साथ चलने लगा था क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक मुझे समझे नहीं की मैं कौन हूँ पंडित ने कहा मैं समझ तो चुका हूँ कुछ संका है। सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमदूत की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है हालांकि पंडित को पहले से इस बात की शंका थी फिर महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है, तो तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है यमदूत ने जवाब दिया अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु के कारण भी ये बात बात सुनकर पंडित ठिठक गया गया और और बड़े में में पड़ गया कि यदि वास्तव वो महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी सही होगी उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊ कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का नहीं बनूंगा, तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो, वो भी मुझे पता है। लेकिन तुमने हमारे मित्र से से मिलने न जाने के विचार नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षण में घटित होने वाली है महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही हैं। इसीलिए वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा परंतु जैसे ही वो मुड़ा सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि कि पंडित पंडित को को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र मित्र के आने की गति देख पंडित को ऐसा लगा, जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही घूंगा और पैर से अफहाज था इसीलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई पंडित हक्का बक्का भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा जैसे ही पूछ रहा हो आखिर हुआ क्या उसके मित्र को महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला तुम्हारा मित्र पिछले गाँव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था लेकिन तुम समझ ही नहीं सकते कि वो आपाही होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की की। कोशिश लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती है शरीर में इसीलिए हृदयघात की वजह से तुम्हारे की मृत्यु हो गई और उसकी वजह से हो तुम क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही ही अपनी सीमाओं को को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही इसका काम है क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता वो सभी को एक न एक दिन मरना ही ही ही है इसीलिए उसने जल्दी ही अपने अपने आप को संभाल लिया लेकिन ही उसके मन में में के बारे में जानने की उत्सुकता हुई इसीलिए उसने महाकाल से पूछा अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे महाकाल ने जवाब दिया मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता रहता हूं। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पंडित ने आगे पूछा तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसी होगी महाकाल ने कहा हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यतीत ही होता है क्योंकि तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मिर्थ की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है उसे देखकर मुझे ये लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक छह माह बाद ही आज के ही दिन लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगाने से होगी और आश्चर्य की बात यह है की तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे इतना कहकर महाकाल जाने लगा क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्म कांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों न हो अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है तो पंडित ने भी किया चूंकि पंडित विद्वान था इसीलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी उसने सोचा कि राजा के पास तो कोई ज्ञानी मंत्री होते हैं और उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही देंगे इसीलिए पंडित राजा राजा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उससे सलाह मांगी अनाथ सभी की सलाह से यह हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु छ महीने बाद होगी लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा यदि वह किसी दूसरे राज्य जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी सो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने के हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये न लगे कि वो राजा की कैद में है हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा आखिर वो दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी सो उस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसी रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि जल्दी से जल्दी से से वह रात और और अगला दिन बीत जाए जाए उसकी मृत्यु टल लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी बीमारी थी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था दौड़ा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती सो उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौड़ा पड़ा वह उठा और राजा के महल से निकलकर कर अस्तमल में आ गया चुकी वह राजा का खास मेहमान था इसीलिए किसी किसी भी पहरेदार ने उसे तो रोका, ने उसे न न अस्तमल में पहुंच वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया इतना ही नहीं वह दूसरे राजा के राजा के महल में पहुंच गया और संजोर हुआ ये कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका नहीं कोई पूछताछ की क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर की गहरी नींद में थे वह पंडित सीधे राजा के शैन कच्छ में पहुंच गया राजा के एक और उस राज्य का राजा सो रहा था दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा राजा बहुत हुआ पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था राजा ने पंडित को दराज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया राजा की फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप उठा फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज मैं नहीं जानता मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा मैंने ये भी नहीं जानता कि मैं अपने आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी उसने पूछा तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी कहना क्या चाहते हो तुम तो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित से पिछले महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा महाराज मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए ये तो सरासर आत्मघाती हो ही होगी मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करवाने राजा को पंडित, पंडित मृत्यु के बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है इसीलिए उसने पंडित से कहा यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारे मृत्यु का दिन है जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा लेकिन तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जो की पड़ोसी राजा का राज्य उसका मित्र था इसीलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा शाम तक भेजे गए फिर से लौट आए उन्होंने आकर बताया कि महाराज पंडित जो कह रहा है है वह सच दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले छह महीने से यह पंडित राजा का मेहमान था कल रात राजा स्वयं से अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई चूंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी इसीलिए अब यदि पंडित को फांसी न दे जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा और यदि राजा दोबारा दी गई फांसी का मान रखा न गया तो पंडित की वे, वे वजह मृत्यु हो जाएगी राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज आप पंडित को कच्चे सूत्र के एक धागे से फांसी लगवा दें। इसके इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से से लगी फांसी पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी जिससे इसके प्राण भी बच जाएंगे राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का बंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाने लगा दिया गया सभी खुशी थे कि ना तो पंडित मरेगा ना राजा का वचन झूठा पड़ेगा पंडित को भी विश्वास था कि सूत्र के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी इसीलिए वो भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था जैसा कि महाराज ने उससे कहा था लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई सूत्र का धागा टूट गया लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया पंडित के गले की नस कट चुकी थी, सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुशी क्षण में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया सभी लोग आश्चर्यचकित होकर हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कमजोर से से सूत के धागे किसी की मृत्यु हो सकती है, है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है हम चाहे जितनी सावधानियां बरते या चाहे जितने उपाय कर ले। लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना पहले से ही निश्चित है जिसे हम भी उधर नहीं कर सकते इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो अगले छह महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है और उसे जैसा बनाया है वो सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा है और उसके उस वैसा होने पर सवाल उठाना गलत है क्योंकि हर व्यक्ति वस्तु या स्थिति का संबंध संबंध किसी न किसी घटना से है जिसे घटित होना है उदाहरण के लिए पंडित के मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था क्योंकि तो यदि पंडित अपने मित्र से मिलने न जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही गा या पाहिज न होता तो उसकी मृत्यु न होती क्योंकि उस स्थिति में वो अपने मित्र को पीछे से आवाज देख रोक सकता था यानी बचपन से प्राकृतिक ने उसे अपंगता थी, उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से से से पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, इस वजह पहले से उसको पता नहीं था यदि स्वयं पंडित को पहले से ही होता इस बात का ज्ञान तो वह राजक से इसका जिक्र जरूर करता परिणाम स्वरूप वो राजा राजा राजा के महल से निकलता तो कोई ना कोई पहरेदार उसे जरूर जरूर रोक लेता अथवा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की होती ताकि पंडित नींद में उठकर कहीं ना जा सके यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्राकृतिक पहले से ही सारे बीज बो देती है जो अपने निश्चय समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं, इसीलिए मतलब है। कि होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब और कहा कैसे बोए गए हैं और इसी को हम सरल शब्द में भाग्य कहते हैं ये कहानी आपको कैसे लगी कृपया आपने भी कभी भी ये महसूस किया है कि प्रकृति की सभी घटनाएं पहले से निश्चित है और आप आपकी कुछ करने अथवा न करने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि सब कुछ अपने आप अपने अनुसार घटित होता है